दर्शकों जय श्री राम मैं ज्योतिर्मिताशीष पांडे आप सभी के समक्ष दिनांक एक अक्टूबर का दैनिक राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ दर्शकों आज नवरात्र की तृतीय तिथि है और तृतीय तिथि बहुत ही शुमंगलकारी तिथि होती है आप लोगों को जो मेष से लेकर के मीन राशि के जातक हैं आज के दिन को प्रभावी बनाने के लिए उपाय बताएंगे साथ ही साथ दर्शकों पंचांग क्या कुछ कहता है आज का शुभ और अशुभ समय इन पर भी आज हम चर्चा करेंगे तो चलिए पहले पंचांग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं विक्रम संभव दो तक संबर उन्नीस और सूर्योदय होगा प्रातः छः पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच पर नक्षत्र की बात करें तो स्वाति नक्षत्र रहेगा दोपहर दो बजकर बाईस मिनट तक कि इसके उपरांत तो विशाखा नक्षत्र लग जाएगा करण की बात करें गरकरण रहेगा इसके उपरांत तो वर्णिजकरण रहेगा और अंतिम अंतिमकरण जो रहेगा ये विष्टिकरण रहेगा तृतीय तिथि के बारे में दर्शकों हमने बताया था कि तृतीय तिथि को परवर नहीं खाना चाहिए यदि कोई परवर का सेवन करता है तो शत्रुओं की वृद्धि होती है योग की बात करें तो वैभती नामक योग रहेगा और विष्कुंभ नामक योग रहेगा अंतिम योग जो रहेगा ये प्रीति योग रहेगा मंगलवार दिन रहेगा और गुजराती संबंध की बात करें तो दो चल रहा है और चंद्र राशि जो रहेगी चंद्रमा का चलायमान रहेगा तुला राशि में रहेगा सूर्य राशि जो रहेगी ये कन्या राशि रहेगी दर्शकों आ, राहु काल की बात कर लेते हैं कैसा काल है कैसा समय किस दौरान शुभ कार्यों को नहीं करना है तो दोपहर दो, दो बजकर तिरपन मिनट से लेकर के चार बजकर इक्कीस मिनट तक का जो समय रहेगा ये राहु काल का रहेगा अच्छा मंगलवार दिन है तो आज का दिशाशूल की यदि हम बात करें तो उत्तर दिशा की ओर दिशाशूल रहता है उत्तर दिशा की ओर यात्राओं को करने से बचिएगा यदि करनी पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा गुड़ का सेवन करके यात्रा करिएगा और पहले दक्षिण की ओर चार पक चल लीजिएगा उसके उपरांत उत्तर दिशा की ओर आप लोग चलिएगा शुभ समय की बात कर लेते हैं तो आज का जो अभिजीत मुहूर्त रहेगा ग्यारह बजकर बत्तीस मिनट से बारह बजकर उन्नीस मिनट तक की रहेगा इस दौरान आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं इसके अलावा दर्शकों सुबह छः बजकर इक्कीस मिनट से लेकर के सात बजकर अड़तालीस मिनट तक की अमृतकाल रहेगा अमृतकाल में भी आप सभी शुभ कार्यों को कर सकते हैं दर्शकों ये तो था हमारा पंचांग अब हम राशिफल पर आगे बढ़ते हैं कि क्या कुछ कहता है हमारा राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए लेकिन दर्शकों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अपील है कि यदि नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए वार्तिक राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि सभी राशियों का डाल दिए हैं आप लोग देख लीजिए अक्टूबर माह का भी राशिफल हमने सभी राशियों का डाला है आप लोग जा करके देख सकते हैं मेष राशि के जात को आज आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा आज पारिवारिक रिश्तों के बीच आप सामंजस्य बनाने में सफल रहेंगे शाम को बच्चों के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आएंगे कई दिनों से रुके हुए काम माता रानी की कृपा से आज पूर्ण होंगे जिसमें आपको सफलता मिलेगी खासकर करके स्टूडेंट है बैंकिंग का एस का कोई एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो आज, आज आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी लवमेट के लिए आज रिश्तों में मिठास भरने का दिन रहेगा एकाग्रता से काम करिएगा कोशिश कीजिएगा मंदिर में सेहत का दान लीजिए दुर्गा सप्तती के तृतीय अध्याय का आज पाठ तरक्की के नए रास्ते खोल देगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण दिशा तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए हमारे इस राशिफल को लाइक कीजिए नए हैं तो सब्सक्राइब बदल में बना बेलाइकन जरूर दबाइए दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय माता दी